नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका घोषाल मखी चैनल पे भाई कैसे हो आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है नए तड़कते भड़कते गेम प्ले में और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम जा रहे हैं विलेज भैया विलेज में इतना मार करते हैं कि जीवन वहीं पर हम बसा लेते हैं अपना और आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए लास्ट तक नहीं देखते तो हमारी व्यूज नहीं बढ़ते आप जाना करो आप मेरे व्यूज भी, भी दिखाया करो मेरे आप भाई लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और फिर जब एक हज़ार लाइक हो जाएंगी तो विनर पास का गिवे भी चल रहा है हमारी मतलब दे देंगे यार और ये पहले एक बंदे को पेल की एक बंदे को पेल दिया अब इसके कूद के इसके टीम को पेले जाके बना भैया वो दुखी बहुत हो जाएंगे कहेंगे हमारे टीममेट को हमको पेल दिया हमारे टीममेट को क्यों नहीं पेला हमारे टीममेट को भी पेलो वरना हम दुखी हो जाएंगे तो इनका टीममेट बहुत रोला में झाँक रहा था तो इनको हम झाँक के लॉबी में पहुंचा देते हैं तेल लगा के तो पहले हम यहां पे लूट उट करते हैं फिर बोट का काट ही रौला पेल खे रहे थे तो हम इनके पीक पे पीक पीक पे पीक देकर इनको पेल देते हैं और हमारे पास होती है यू जेड आई एंड एम तो हम यहाँ पे तुरंत ही उतरते हैं और यहाँ पे हम सबसे ऊपर चढ़ जाते हैं और हमारे टीम में कह नहीं पाता तो उसके लिए कोई बात नहीं हमारे टीम में नीचे से संभाल लेता और ये लाल ड्रॉप्स मतलब सरकारी तरकारी जोन भी ड्रॉप हो आ जाता है और यहाँ पर ग्रोजा तो ग्रोजा हमको लेनी नहीं यह मितिन घटियागन है कि घुड़ घुड़ घुड़ चलती है भैया हमारे टीमेड कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर चढ़ने की लेकिन भैया ये कहाँ चढ़ पाएँ यार हम ही चढ़ पाएंगे क्योंकि भैया इनके चक्कर में हम नीचे भी गिर गए तो हम इनके पहले छत पे चढ़ते हैं कि भैया यहाँ पे एक बग्गी आ जाती है तो भैया बग्गी में इतना डेमत देते हैं दोनों को कि भाई बताएँ नहीं कितना हम डेमत देते हैं उनको और फिर एक बंदा इतना, इतना इसको भाई इतना डे देते यार क्या कहें कितना डे मत देते भाई ये बंदा इतना भैया प्रो है कि अकेले ड्राप्रूट में आ रहा अपने टीमेंट के बिना तो पहले इनका सीधा बीया पासवर्ड बना के इनको लॉबी में भेजते हैं और भैया ये पता नहीं अली वली कौन है अली खान पता नहीं यार कौन है यार पता नहीं उर्दू में क्या लिख के आया है भैया और फिर भी ये एहसान कर गए हमारे अली भाई और ये हमको फ्लेट दे गए वाह तो हम इनके लिए लब यू बोलते हैं और आप मेरे में मैच में आए तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और हम यहां पे चलाते हैं लाल गन मतलब प्लेयर और ये हमारे पास होती है यू जेड आई और यम पी नाइन थ्री लेवल का बैग थ्री लेवल की हेलमेट थ्री लेवल का बेस्ट और हमारी डी का इतना मस्त स्प्रे पड़ता हमारा बंदा लेटने का नाम ही नहीं ले रहा है कह तो रहा है तुम मारो यार तुमको सब्र नहीं करना है मारो उसको तो हम कहते हैं भाई रुक जा यार हम इतनी जल्दी उसको नहीं मार पाएंगे पहले बैंडेज हीलिंग विलिंग लगाते हैं फिर उसको पीलते हैं तो हम पहले यहाँ पे बैंडेज वेंडेज लगाते हैं और हीलिंग विलिंग लगाते हैं और चार किल हो जाते हैं यहाँ पे हमारे और सामने खड़ी है और हमारी सरकारी ड्रॉप आ ही रहा है तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए यमके का इतना मस्त स्प्रे मारते हैं कि भाई क्या बताएँ आपकी फटी की फटी रह जाएंगी आंखें तो बस देख रहिए और ये बंदा भाई इतना पे रहा है दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर गौसाल मछली खड़ा है और इनका टीममेट दिख रही टू लड़के इनको भाई भाई कर रहा तो हम इनको पहुंचा कर बेटा लॉबी में जाओ पहले शॉप में तो ये भी जाते हैं कहते हैं चलो गौसाल मछी काटा के आपको लॉबी में जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पे एक स्कॉट कर देती है रस तो हमको मिल जाती है यहाँ पर तो ये हम करते हैं ऑटो पे फिर देखो बड़ा मौक करते हैं तो यहाँ के यहाँ क्या करते हैं ऑटो पे और फिर देखिए भाई इतना बुरा पैलते हैं इतना बुरा पैलते हैं कि आपकी फटी की फटी रह जाएँगे आंखें तो बस देखिए और भाई हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए देखो नोटिफिकेशन मतलब बेल आइकन को ऑल पे कर देना इसमें नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और हमारे दूसरा भी चैनल है सर्वेश कुमार उसको उस पर टीचिंग वाला है सब जानो करो यार टीचिंग किया करो तो टीचिंग किया हो तो हमारे चैनल को दूसरे वाले लाइक कीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी शेयर कीजिए तो हमारे चैनल को जल्दी से बढ़ाइए यार आप लोग क्या कर रहे हैं और फिर हमारे पे दूसरी भाई सामने से यार इधर कहीं जा रही बग्गी कहीं इधर जा रही तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर ये भाई ये टीममेट हैं इनके और इनको भाई इतना पता नहीं कि क्या भाई गौसाल मक्खी के एरिया में खड़े हो के फेल ड्रॉप करोगे कुछ और इनके टीममेट बहुत भी रोला में वो चले गए और मेरा बेचारा टीम मेरा टीम बहुत प्रो था मतलब दिल मतलब वो संभाल लेता था सब कुछ तो भी अच्छा टीमेट था तुम भाई ये बंदा उसको मेरे टीमेट को पेल रहा था तो हम कहे भाई मेरे टीमेट Enemy को पेलोगे मेरी मेरी चीज़ पे हाथ लगाओगे तो हम तुमको पेल देंगे मेरी चीज़ पे हाथ लगाओगे तुमको हम काट के रख देंगे तो भाई ये आए अंकी का स्प्रे खाए और मुझे राय से निकल लिए पहले फुर्सत में लॉबी और ये बहुत चाचा सतना निका कर रहे थे और सुख सुख सुख सुख कर रहे थे तो हम कभी कर आते हैं तो कुत्ता कुत्ता के साथ इनको लॉबी पहुंचाते हैं और यहाँ पे हम यम करते हैं रिलोड और निकलते हैं बग्गी को लेकर जल्दी से पहाड़ी पे तो पहाड़ी पे होता है एक बहुत ही रियल बंदा जो भाई जानते नहीं हो कि जना रियल है वो खड़ा होता है स्नोबॉल बना के मुर्गा वाला चिकन हुआ नहीं कि मुर्गा बना दिया वहाँ पर तो हम कहते हैं मुर्गा अब सावन ख़त्म ही होने वाला है रक्षाबंधन आने वाला है तो सावन ख़त्म ही होने वाला है ये मुर्गा बना रहा है सावन ख़त्म होने का जब वेट नहीं कर सकता मुर्गा बनाने का तो हम इनको पेलते हैं पहले समझाते हैं कि तुम मुर्गा बनाओगे कि नहीं तो ये कहता है हम मुर्गा बनाएंगे तो हम कहते हैं तुम मुर्गा बनाओगे तुम तुम तो हम तुमको पेलेंगे तो कहता है अब तुम पेल के रख दो या तो ना पेलो हम मुर्गा बनाएँगे तो हम कहते हैं ट निकल बेटा लो पहली फुरसत में तेरी माँ कीटा ना बाबे चलिया है तो भी कहता है मैं जाता हूँ भैया आराम से रहना और चिकन निकाल के आना तो हम कहते हैं सावन है यार फिर भी चिकन कर पाएंगे तो कर लेंगे तो वो बैठे होते हैं तो हम उनको पहले पीलते हैं और तो बाद में बात करते हैं, तो तो तो हैं। हमारे टीम को इतना भूल लेते तो हम इनको ज़्यादा ही मार रहते तो हम इनको भी ठिकाना लगा देते हैं इनका लॉबी का बता देते हैं रास्ता तो ठीक है सामने बंदे होते हैं तो मैं एमके से थोड़ा बहुत उनको डैमेज कर पाता हूँ फिर भी लास्ट में देख के बस क्या होता है उनके साथ बड़ी से बुरा हाल होता है फिर भी वो समझ नहीं पाते कितना हमारे साथ बुरा हाल होता है और यहाँ पे हमारे 10 किल हो जाते हैं और आठ बंदे बचते हैं और ये देखिए जुबों का एक पहन के आए हमारे सामने भैया इतनी चमकती है यार दो प्रो बंद हो मतलब अच्छी ड्रेस पहने तो लेकिन इतनी चमकी है ना जो पहने कि दूर से बंदा तुमको तुरंत ही मार दे इसीलिए ज़्यादा हमें अच्छी ड्रेस नहीं पहनता देखिए हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है बस गासी कलर का है सब कुछ काला नीला हरा पीला तो हम यहाँ पे सब देते हैं इस स्प्रेन लेकिन उनको कुछ नहीं होता और हमारा बंदा सब तो उसको यार पता नहीं कौन पेड़ लाता तो वो तो संभालेगा हम इनको संभाल लेते हैं क्योंकि ये जो प्रॉब्लम बहुत नाक में एक दम कर रहे थे नाक में अंगूरी घुसे रहे थे तो आम कहे नाक में अंगूरी मत घुसे रहो यार मेरी नाक दर्द करती नाक में दाना हो गया यार और ये पता नहीं होगा से हमारे किल चुरा लेता है भी इस, इसको इतना बुरा पे लेंगे क्योंकि मेरे क्ल चुराए इसने तो और हमारे सपोर्टर देखो भैया हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं सौरभ भाई वो हमको बहुत Enemy. इनको लब यू दिल से क्योंकि वो हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं और हमारे Enemy. फैन मतलब फ्रेंड भी हैं अच्छे खासे अच्छे अच्छे Enemy. तो उनके लिए लव यू वो मतलब लव यू लव यू दिल से उनको और यहाँ पे एक नॉक कर देते हैं भाई इतनी गुस्सा यहाँ पे आती है क्योंकि इस बंदे को इतना डेमत देते इतना नहमत देते Enemy. इतना नहमत देते इसके टीम को तो नौकरी दिया इस बंदे को इतना डेमत देते हैं कि भाई ये जोन से मर जाता है तो हमारी इतनी गुस्सा क्यों आती है क्योंकि ये जोन से मर गया यार मेरा स्किल चला गया बताओ इतना डेमेज दिया था हमारे टीममेट मेट को लास्ट बंदा नॉक कर देता है तो भाई इनको भी समझते हैं भैया मोहली वाली फेंक रहा था हमारे टीममेट को चला के रख दिया और भाई सीधा सीधा पता क्या एरोप्लन वाला बना तो भैया इनको स्प्रे दिए तो लेकिन यार एक गोली नहीं लगी इनके तो फिर भी हम कहते हैं चलो बैंडेज मार के करते हैं इनके पे पुष्पा ऐसे कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ पे लिए थे यूजाढ़ाई हम यहाँ और भी ले सकते थे लेकिन यूजे डाई लिया है, है इसलिए आप लास्ट तक देख लोगे किस लिए लिया है तो मैं यहाँ पे हमारे टीममेट को तो पूरा ही फेल देता है यार तो हमारा टीम चिकन नहीं खा पाता लेकिन हम तो खाएंगे फिर भी सावन चला है सॉरी यार चिकन बात भोले बाबा सॉरी मतलब हमारे सावन में चिकन खा लिया राय का मतलब आप समझाओगे अभी थोड़ी देर में क्योंकि राय इतनी जल्दी डिलोड करती है कि आज मेरे को बचा लिया उसने क्योंकि इतनी जल्दी वो डिलोड करती है उसी साथ मैं आज खा चुका हूँ चिकन डिनर और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और चलते ने ने ने के हैं हैं मिलते बाय